स्वागत तो है सबका न्यू चैनल हमारे ये पहाड़ हम बहुत मेहनत के बाद खड़ा किए है इस पहाड़ को बनाने में हमको कई साल लगा है पहले क्या हुआ की वो धान का जो गठल है ना उसको हम यहाँ पे इकट्ठा किए उसके बाद हम बुलाये है ट्रेक्टर जो काटा मारता है वो ट्रेक्टर लाया चालू किया है धक धक धक धक फिर उसके बाद हम ऐसे लगाए हैं और ऐसे है। काटते हुए घास दिया हमारा यहाँ से गट्ठल गया उधर से गजा पहाड़ बन गया अब इसका हम बनवाएंगे बूदी का लड्डू अब बूदी का लड्डू बनवाएंगे तो आपके लिए भी एक झपिया पैक करवा देंगे ठीक है तो आपको एक झपिया दे देंगे तो आप ले जाके खाइएगा और इस बूदी के लड्डू को हम खिलाएंगे अपने गैया को गैया खाएगी और ये छर छर छर छर छर छल्टी भर देगी दूध तो ये गैया के लिए है ना इंसान के लिए थोड़ी ना है इंसानों के लिए यह है बूदी का लड्डू गैया के लिए है मिठाई उसको खिलाएंगे हमारी गैया छर छर छर छर दूध देगी और उसके बाद हम गैया के दूध को बेचेंगे बल्टहरा के पास बल्टहरा के पास से आएगा हमारे पास कड़ी कड़ी नोट और हम नोट का करेंगे अपने बैंक में जमा तो भैया आप इस पहाड़ का और क्या क्या करोगे हम इस पहाड़ का बहुत उपयोग करेंगे ठंडी आई गई है हम बनाएंगे उसमेंगे तो अरे बिछौना बनाएंगे उस पर एकदम खूब सोएंगे आपको चाहिए तो आपको हम उसी गद्दा में भर देंगे और क्या क्या करेंगे और हम इसका सोच रहे हैं की एक तकिया तकिया भी बना सोने के लिए लिए हाँ, तो आपके लिए जरूर बनाएंगे आपका मुंडी धस जाएगा उसमें नहीं, नहीं हिसाब से रहे ईटा डाल दे ईटा नहीं यही डालिएगा ये हम डालेंगे तो हमारी गैया खाएगी क्या जब नहीं खाएगी तो देगी क्या जब देगी नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से सोचिए हम इसको बहुत मेहनत से किए हैं जमाई देख रहे हैं पहाड़ हाँ देख रहे हैं हिमालय है। का पहाड़ लग रहा है हाँ, हाँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो चोटी दिखेगा आपको हाँ, हाँ।, हाँ तो चोटी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है ये बस पहाड़ी है इसका एंजॉय करिए और तकिया में आपके हम भरवा के घर पे भेज देंगे समझे ठीक ठीक और क्या क्या करेंगे इसका गैया खाएगी भैंस खाएगी भैंस का बछड़ा खाएगा भैंस का चाचा खाएगा भैंस की अम्मा खाएगी गाय का भाई खाएगा गाय का छोटा भाई खाएगा गाय का छोटा लड़का खाएगा मतलब जितना उनका परिवार है सब खाएगा कभी कभी तो हम इंसानों को भी खिला देते हैं तो हम लोग को भी दे दीजिएगा ना अरे आप खाइए ना मुंह लगा के मुंह डालीज भाई साहब आप गजब के इंसान है इंसान और गैम फर्क नहीं लो रहे लोग आपको अब हमें भूसा खिला रहे हैं हम हाँ आपको दिख रहे हैं क्या अरे आप ही तो कहे हैं कि हमको खिलाओ तो हम कह लो मुँह से सीधा खाओ अभी तो मैं आपको छोड़ रहा था अब हज ऐसी ज्यादा जा रहे हैं ठीक है अरे तो खाइए ना मुँह लगा के हम इसे मुह लगा खाएंगे हैं? तब कैसे खाएंगे प्लेट थरिया में बकायदे लाओ खाएंगे अरे बफर चेस्टमे है का जो प्लेट में लगा के खिलाएंगे आपको देखिए आप उभर हो रहे हैं अरे ऊभर कहाँ हो रहे हैं हम तो यही पे है आप ही ओभर हो के गिर जा रहे हैं अरे तो आपके हम गिरे मतलब खा, खाने लगे अरे हम कहे ही नहीं आप गिरे तो हमारी क्या गलती है आप कहे हमको खिलाई हम मूढ़ी डाल दिया आपका आप खाइए तो डाला था अरे हम अपने गैया को भी ऐसे ही खिलाते हैं तो वो गैया अरे तो तू तो आप गैया जैसा लग ही रहे हैं आपका बस सूड़ और पोच नहीं दिख रहा नहीं तो आप गैया जैसे है अभी इसी पहाड़ के ऊपर से चढ़ा कर देंगे अरे आप हमको क्या ढकेलेगे हम आपको चढ़ा के खुदा ढकेल देंगे उधर पोखरा है उसी में डूब के डुब जाएंगे आप समझे हमारा गाँव है हमारी चीज है हमारी भैंस खाएगी आपको कुछ नहीं मिलेगा आप जाइए जहाँ से आए हैं अब हमारा टाइम बर्बाद पर जाइए चलिए कोई जरूरत नहीं है पता नहीं कहां कहां से लोग मुंह उठा के चले आते हैं ना अच्छा हमारा खबर था तो आज के लिए बस इतना ही हम ज्यादा जलील हो गए हैं तो फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में कैमरा मैन पार्थक साथ और हम शिवम धन्यवाद थैंक यू